वाला को भी और इनके सहयोगी गैंग का सपोर्ट था हालांकि मूसेवाला पर कभी ये आरोप तय नहीं हुए इन सभी नए सबूतों और खुलासों के बीच मूसेवाला हत्याकांड में एसआईटी आई का फिर से गठन किया गया है नई एसआईटी में तीन और सदस्यों को शामिल किया गया है नए सदस्यों में आई जी सिंह ए आई सिंह और एस एस शामिल है जब डी धर्मवीर सिंह डीएसपी विश्वजीत सिंह और सी आई इंचार्ज पृथ्वी पाल सिंह पहले से ही एसआईटी का हिस्सा है इस तरह एसआईटी में कुल सदस्यों की संख्या छह हो गई है हालांकि एसआईटी की जांच अब पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की निगरानी में होगी ये टास्क फोर्स ए की अगुवाई में काम करेगी वही अब तक मामले में फरीद के मनप्रीत सिंह समेत तीन गिरफ्तारियाँ हो चुकी है अलग अलग दोषिया से, से वो गए रिकवर हुई है सारा कुछ हमने फुटेज क्लियर हो गया है इसके अलावा जो तकनीकी शहादत है उसके थ्रू भी हम इस केस पे काम कर रहे हैं दौरान तो हमें दो लोग प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं, जो की इस क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट है और एक है, है सूत्रों का के मुताबिक लॉरेंस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा मगर उसने ये माना है की मूसेवाला का मर्डर विक्की मिडू खेड़ा की मौत का बदला है संवाददाता प्रिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट